तो हेलो लो गाइज़ वेलकम बैक एंड मैंने वीडियो तो आज हम टी सर्विस की फुल डिटेल देने वाले हैं तो यहाँ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल पे सेलेक्ट कर देना है इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फुल डिटेल टी सर्विस की हम दे देंगे टी सर्विस का ऑनर है ईशान बुनकर और उस, और उसका फ़ोटो हम इस वीडियो के एंड में दे देंगे तब तक के लिए आप इनके सब्सक्राइबर देख सकते हो वन यहाँ पे और यहाँ पे वीवर्स हो गए व्यवर्स में अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे व्यूवर्स हो गए 157 फिफ्टी सेवन बी बिलियन ओके तो अब इन इसको देखने के बाद आपको ये भी पता हो गया होगा कि ईशान बुनकर का फोटो कैसा होगा और इनको 2019 में चौबीस चौबीस हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पे मिले थे 2019 में आपको यह पता नहीं हो तो अभी बलकत्ता कर लेना है और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि गाइस यहां पर क्या होता है कि ये न्यू वीडियो है तो हमारा कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं जैसे कि आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनका नाम इतना बड़ा है तो यहां पर देखो इनके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं लेकिन हम आपको क्या करना है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद बेकिन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना है क्योंकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट की वीडियोस लेके आते रहते हैं बिना किसी देरी तो ईशान का फोटो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ईशान बुनकर का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है ईशान बुनकर की यहाँ पर टी सर्विस की मैं आने से पहले गुलशन कुमार में गुलशन कुमार थे इसके ओनर और ईशान बुनकर 1997 में बने थे प्रेजेंट में ओके तो यहाँ पे 2019 में इनको रुपए मिले थे वर्ल्ड रिकॉर्ड शो क्रोर यूट्यूब चैनल पूरा किया था तो हमारा भी अभी न्यू न्यू यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम इसकी लेटेस्ट अपडेट की वीडियोस लेके आते रहते हैं तो आप इन फोटो को आसानी से देख सकते हो तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना